ढिन् जेल में बंद बंदियों को दुर्घटना में घायल बताकर उनके इलाज के नाम पर बंदियों के परिजनों से ठगी करने का नए तरीके का एक फ्रॉड सामने आया है पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अधिवक्ताओं को माध्यम बनाकर बंदियों के परिजनों से ठगी करने का अनोखा मामला सामने आया है ढिरी में दो दिन में लगभग आधा दर्जन अधिवक्ताओं के पास ऐसे फोन आ चुके हैं जिनमें जिला जेल ढिरी में बंद बंदियों को दुर्घटना में घायल होने पर इलाज कराने के लिए सात से बारह हजार तक की मांग की गयी जिसमें एक पीड़ित इस ठगी का शिकार भी हुआ वहीं ठगी का शिकार होने से पहले ही एक महिला ने इसकी शिकायत कोतवाली पुलिस में की है अधिवक्ताओं को माध्यम बनाकर बंदियों के स्वजन से ठगी करने वाले इस मामले में अधिवक्ताओं ने बताया कि उनके पास एक मोबाइल से फोन पर जेल कर्मचारी होने का हवाला देते हुए हमारे क्लाइंट के दुर्घटना में घायल और इलाज के संबंध में जानकारी देते हुए परिजनों को सूचना देने तथा इलाज के लिए रुपए की मांग की जा रही है आपके जो आप या फिर तो हॉस्पिटल में आके बैंक देख लें या उनके किसी रिश्तेदारों को बोल दें तो वो मेरे को तो इस नंबर से संपर्क कर लें जिस नंबर से मेरा फोन आपको और मैंने मानवीय यहाँ के जिला अस्पताल में उनको तो भर्ती करा दिया विश्वकर्मा के भाई ने मुझसे बिना कुछ पूछे उनको उसने कहा कि ब्लड की बहुत जरूरत है ब्लड बैंक ब्लड है नहीं तो आप मुझे पैसे अरेंज कर दीजिए तो मैं आठ से लेके ख़रीद के और बनवा दूँगी उनके भाई को चढ़वा दूँगी और ऐसा करके सात हज़ार रुपये उसके बाद को जमा करने के लिए जिनसे बोला वो भी घबरा गए एक दिन से और उन्होंने मुझसे बिना कुछ पूछताछ किए उस आ, जो नंबर उसने बताया था उस नंबर पर उन्होंने सात हज़ार ट्रांसफर कर दिया बहुत ही बता रहा है आप पचकार है वहाँ जो बंद है बाथरूम सिर में चोट आए हैं और पैर में चोट छोटा और सिर में चोट हमारा आठ टाँपे लगे हैं बुलेट की आवश्यकता है उसके लिए सात हज़ार सात सौ घर वालों को बता दीजिए बता दीजिए उनके घर वालों को उनसे बोले सात हज़ार सात सौ हमारी खाते में आए न इस बार पुलिस अधीक्षक संजय सिंह द्वारा बताया गया कि इस मामले से संबंधित शिकायत सिटी कोतवाली में प्राप्त हुई है जिसकी जांच कराई जा रही है साथ ही मोबाइल नंबरों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है जो भी तथ्य सामने आएंगे आगे कार्रवाई की जाएगी पुलिस जेल प्रशासन व अधिवक्ताओं द्वारा इस संबंध में लोगो ऐसी अपील की गयी है की इस तरह फोन करने वाले किसी भी व्यक्ति को रुपए न दे पहले पूरी जानकारी ले और पुलिस को सूचना दे शहरियों के परिजनों से किया जा रहा है जिस जिसपे उनके परिवार वालों को ये बताया जा रहा है कि आपके जो साथी या फिर जो परिवार के सदस्य जेल में बंद है, या तो बीमारी हो, उनमें ग्रस्त हो गए उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया है या उन्हें दुर्घटना दुर्घटनाग्रस्त हो गया और पैसे पकाए जा रहे हैं उस तो पर आवेदन प्राप्त हुआ जिसकी जाँच की जा रही है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें